एक काम करते हैं इसकी मार देता है खुद <laughs> <laughs> ही बनाएगा <laughs> आज आज के आज के बाद बनाऊंगा <laughs> <laughs> ये क्या, ये ये भगवान क्या क्या क्या है हैं कर रहे हो <talklog��> रुको जरा सबर करो